हेलो फ्रेंड्स कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एडवान टैक्स की क्लास ली थी जिसके अंदर 234 ए बी सी के बारे में बताया था एडवान टैक्स कब लगाया जाता है ये भी बताया था कि 10,000 थाउजेंड थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ कल लास्ट क्लास का एडवान टैक्स मैंने कल बताया था कि एडवान टैक्स कब लगाया जाता है जब आपके फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एस का टेन से ज़्यादा टैक्स बन रहा है तो हमारा एडवान टैक्स की लाइब्रिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाती है एडवान टैक्स अगर आपका टी डिडक्ट हो चुका है और फिर भी आपके पास एडवांट टैक्स की लाइबिलिटी आती है जैसे एफडीआर पे इंटरेस्ट हुआ जो बैंक आपको 10 परसेंट काटता है डिडक्ट करता है लेकिन आप 20 परसेंट स्लैब में आ रहे हैं तो आपके पास टैक्स लाइविलिटी आ जाएगी अगर आपका टैक्स पूरे साल में ओवरऑल टू से कम डिडक्ट हुआ है मीन्स फुल ईयर में नाइन्टी परसेंट से कम डिडक्ट हुआ है आपके पर 234 थर्टी बी की लाइबिटी आ जाएगी मैंने आपको कल दो आ, तीन सेक्शन में फर्स्ट ये बताया था कि एडवांस टैक्स कब आता है टेन थाउजेंड मोर देन टैक्स लाइब्रिटी फाइनेंशियल ईयर ठीक है टेन थाउजेंड से ज्यादा के अगर हमारी टैक्स लाइबिटी आती है फुली फाइनेंशियल में किसी भी एस के लिए तो हमारे एडवांट एफ की लैबिटी हमारे पास क्रिएट हो जाती है एक ये बताया था इसमें मोर मोर देन 75 इयर्स ओल्ड एस ओनली इनकम पेंशन एंड इंटरेस्ट इनके ऊपर एडवान टैक्स की लाइविटी नहीं आएगी अगर किसी भी ऐसे कोई 75 फाइव ईयर्स ओल्ड है मतलब इसे एव है उसकी से दो ही इनकम है ओनली एक तो सेल पेंशन इनकम और एक इंटरेस्ट की इनकम जिस बैंक में उसकी पेंशन आ रही है उसी में अगर उसकी एफडी है और उसका इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है तो उस पर एडवान टैक्स की लाइविटी नहीं आएगी ठीक है एडवान टैक्स की लैबिटी दो चीज़ों पर नहीं आती है एक तो आती कैपिटल गेन और एक डिविडेंट पे अगर आप भी कोई इनकम आपने कोई प्रॉपर्टी से होल्ड की है या शेयर्स बेचे हैं उस पर कैपिटल गेन अराइज हुआ है और आपका टैक्स बन रहा है फिफ्टी थाउजेंड और आपने डिडक्ट नहीं किया या टैक्स नहीं जमा कराया है आपने पूरे फुली ईयर में लेकिन आपका टैक्स टेन थाउजेंड से एवर फुली फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके केस में अगर कैपिटल गेन एडवान टैक्स नोट हाँ Applied फर्स्ट आता है कैपिटल गेन दूसरा डिपेंडिंग का एडवान टेक्स की लाइबिलिटी दो मिन लेती है कैपिटल गेन पर कि अगर आपका कैपिटल गेन एराइज हुआ है कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने में कोई भी लैंड सोल्ड करने में शेयर्स में कोई भी ज्वेलरी में अगर वो टेन थाउजेंड से ज़्यादा का है फिर भी आपके पास एडवान टैक्स की लाइविटी नहीं आएगी और 234 ए बी सी सॉरी 234 बी सी का इंटरेस्ट क्लेम नहीं होगा ना ही इन पर क्रिएट होगी कैपिटल गेन की एक डिविडेंट इनकम पहले इस फाइनेंशियल शो के पहले ये था कि अगर आपके पूरे फुल ईयर में टेन लैख तक अगर आपको डिविडेंट रिसीव होता है तो फुली एग्जम्प्ड होगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स जो कंपनी डिविडेंट आपको देती है वो साढ़ा सोलह परसेंट आपको सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑलरेडी उस डिविडेंट पे गवर्नमेंट को जमा करा देती है और आपको उसके बाद ट्रांसफ़र करती है लेकिन इस साल से मीन उन्नीस बीस से न्यू सेक्शन इंसर्ट हुई थी बीस इक्कीस से कि अगर आपका डिविडेंट पाँच हज़ार से ज़्यादा का है फुल ईयर में तो आपके ऊपर टेन परसेंट टी कट के आपको पेमेंट कंपनी करेगी क्योंकि साढ़े सोलह पर वो कंपनी का वो रूल्स हट गया है जब मैं आपको टी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बता दूंगा एडवान टैक्स की लाइब्रिटी पता चल गया है कि आपको 10,000 से ऊपर है और 75 नहीं आएगी अब मैं कल बताया था टू ट्वेंटी फोर ए सेक्शन टू ए कब लगाया जाता है अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपके पास लाइब्रेटी बन रही है टैक्स की लाइब्रेरी बन रही थी तो जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल किए उसका उस पीरियड का जैसे 31 जुलाई न्यू डेट आपने रिटर्न फाइल किए 3 सितंबर तो आपको टू मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा वन परसेंट पर मंथ बराबर सेक्शन टू थर्टी फोर बी टू थर्टी फोर बी क्या कहती है अगर आपके टैक्स की लाइविलिटी एडवान एप्लीकेबल हो गया कि आपकी टैक्स की लाइविटी टेन से ज्यादा है फुली फाइनेंशियल में लेकिन आपका ओवरऑल टैक्स जो आपका बन रहा था आपका एडवान टैक्स एंड टी वो नाइन्टी परसेंट से कम जमा हुआ है मींस Interest section two thirty four be applicable when deposit advance and deduct. TDS डी एस बिलो नाइन्टी परसेंट ऑफ ओवरऑल टैक्स लाइबिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्स लाइविलिटी Uh, 90% कम कम डिपॉजिट हुआ है, डिडक्ट तो 234 बी की आपके ऊपर आ जाएगी अच्छा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 1% परसेंट हुई पर मंथ 1% पर मंथ कब से लगेगा फर्स्ट अप्रैल जो भी आपका असेसमेंट चालू होता है और जिस डेट तक आपने रिटर्न फाइल की है इसमें पार्ट ऑफ द मंथ नहीं होगा जैसे आपने थर्ड सितंबर को जमा करा दिया फाइल कर दिया टीडीएस की रिटर्न और या आपने फिफ्टीन को किया है तो वो पूरा फुली मंथली आपको काउंट होगा तो 234 थर्टी फोर बी कहती है कि आपको अगर आपने आ, 90 परसेंट से कम जमा कराया टी डी की क्लैबिटी टी या जो भी हमारा टैक्स बन रहा है तो आपको टू बी आपके पास अपलीकेबल होगा इस पर भी अगर कैपिटल गेन और किसी भी प्रॉपर्टी का आपने सोल्ड आउट किया है या डिविडेंड इनकम है तो टू बी भी नहीं लगेगी ओवरऑल हम देखते हैं तो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड किए कैपिटल गेनर में आपको एडवान टेक्स की लाइबिलिटी कभी भी नहीं आएगी अब लेगा फोर सी इसका एग्जाम्पल कल टू सी बताया था मैंने 234। इंटरेस्ट। इसकी मैं टेबल वापस से बनाता हूँ कल भी मैंने बनाई थी और एग्जाम्पल आज लेता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून ठीक है अप्रैल टू जून के लिए आपके पास आपको 15 परसेंट ऑफ टोटल टैक्स का जमा कराना है लेकिन आपको लिमिट है मिनिमम की आपको इतना मिनिमम लिमिट मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम है ट्वेल्व परसेंट ऑफ टोटल टैक्स कब तक जमा कराना है पीरियड फिफ्टीन जून फॉर फाइनेंशियल ईयर ठीक है फर्स्ट क्वार्टर कहता है अप्रैल टू जून हमारा आता है मैक्सिमम मेरे पास टैक्स की लाइविटी मैक्सिमम टैक्स होगा वो फिफ्टीन परसेंट मिनिमम ट्वेल्व परसेंट जमा करा सकता हूँ टोटल टैक्स का और कब तक जमा कराना है फिफ्टीन जून फॉर द फाइनेंशियल किसी भी फिफ्टी फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर क्या कहते हैं जुलाई टू सितंबर फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल टैक्स मैग्जिम आप फोर्टी फाइव परसेंट जमा करा सकते हैं और मिनिमम थर्टी सिक्स परसेंट पीरियड क्या है इसका फिफ्टीन सितंबर फोर्थ फाइनेंशियल ईयर थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर यहां आपको 75 परसेंट तक जमा कराना है मिनिमम भी इतना ही कराना है आपको इसका पीरियड है फिफ्टीन दिसंबर ठीक है फोर्थ क्वार्टर टू मार्च 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट फिफ्टीन मार्च ठीक है ये कहता है 234 फी चार क्वार्टर है इस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो थ्री मंथ के हिसाब से होगी वन परसेंट ऑफ पर मंथ मैक्म मेरे को फर्स्ट क्वार्टर में पंद्रह परसेंट टोटल टैक्स जमा कराना था लेकिन मैं मिनिमम बारह परसेंट तक अगर जमा करा देता हूं ओवरऑल टैक्स का तो मेरे पास टू थर्टी फोर फी की लाइविटी नहीं आएगी आई I mean मी मेरे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा फिफ्टीन जून है सेकेंड क्वार्टर में फोर्टी मैक्सिमम मीस यहां तक मेरा फोर्टी जमा हो जाना चाहिए ये कहता है आप 36 परसेंट ओवरऑल टैक्स से जमा करा सकते हो 12 परसेंट ऑलरेडी जमा करा दिए तो आप यहाँ 24 परसेंट ओवरऑल टैक्स को जमा करा सकते हो 234 थर्टी सी की लायबिलिटी आप ऊपर नहीं आएगी बिल्कुल भी और इसकी डेट है पंद्रह सितंबर थर्ड क्वार्टर क्या कहता है अक्टूबर से दिसंबर में आपने जो भी कमाया आपकी टोटल टैक्स लाइबिटी कितनी बनी उसका सेवेंटी आपको यहाँ तक जमा कराना है मीनस पंद्रह आप यहाँ जमा यहाँ तक आप फोटी जमा करा चुके हो तो यहाँ थर्टी और जमा कराना है ठीक है अब मिनिमम ये कहता है कि 75 परसेंट टोटल टैक्स का ये कहता है कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आपने कम जमा कराया फोर्टी एट परसेंट लेकिन आपको थर्ड क्वार्टर तक 15 दिसंबर तक 75 परसेंट जमा कराना है कभी क्या होता है एस के पास बिजनेसमैन है फर्स्ट क्वार्टर में पैसा नहीं आता क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हुआ थर्टी मार्च खत्म हुआ फाइनेंशियल लास्ट ईयर वाला फर्स्ट क्वार्टर में कुछ रिक्वायरमेंट होती है पैसे की तो वो कम टैक्स जमा करा देता है सेकेंड क्वार्टर में भी ऐसा होता है लेकिन थर्ड क्वार्टर तक गवर्नमेंट कहती है सर ओवरऑल टैक्स का मेरे को सेवेंटी चाहिए चाहिए तो टू सी का मैंने आपको बता दिया चार्ट बनवाया हुआ है आपको हम एम सी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम लिमिट कितनी है मैक्सिमम कितनी है आपका पीरियड कब है आपका जमा कराने का आपका इस पर इंटरेस्ट कलेक्शन कैसे होगी थ्री मंथ का एक साथ लगेगा इस पर थ्री मंथ्स का तो एडवान टैक्स की लाइबिलिटी कब आती है आपके पास जब आपके दस से ज़्यादा का आपका टैक्स बन रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है तो एडवान्स टैक्स क्लैबिटी कभी नहीं आएगी एक न्यू अमेंडमेंट इस साल आया है कि 75 इयर्स से अगर ज़्यादा के कोई पर्सन है उससे मतलब 76 इयर्स ओल्ड पर्सन है उसकी दो ही इनकम है इंटरेस्ट की इनकम ऑन एफडी एंड सैलरीड तो उसके ऊपर एडवान टैक्स क्लैबिटी नहीं आएगी और ना ही कैपिटल गेन पर <laughs> कैपिटल गेन पर कोई लाइबिटी नहीं आएगी अगर आपने पूरे फाइनेंशियली पचास लाख रुपये की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है आपने उस पर दस लाख रुपए कमाए कैपिलगेन में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो उस पर कोई एडवानटैक्स की लाइबिटी कभी भी नहीं आएगी इस चीज़ के लिए तो एडवानटैक्स की लाइबिटीज के लिए हम तीन या चार क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में कब आती है दस हज़ार से ज़्यादा का बन रहा हो आपका या आपने रिटन फाइल वन थर्टी नाइन में किए टू ए की लाइबिटी कब आती है जब आपने ड्यू डेट्स पर आपने रिटर्न फाइल नहीं की हो और आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी थी तो उस महीने का वन पर मंथ टू बी कब आता है आपने ओवरऑल टैक्स का 90 परसेंट से कम जमा कराया हो जिसमें एडवान टैक्स और टीडीएस दोनों को इंक्लूड करते हैं 234 थर्टी सी की लाइविटी चार क्वार्टर में आती है कि आपने कोार्टर वाइज आपने टैक्स कम जमा कराया है तो उस पर पे इंटरेस्ट्री पेनल्टी प्रोविजन्स रहेंगे मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ टू थर्टी फोर सी का कैलकुलेशन कैसे होती है एडवर्ट टैक्स की लाइबिटी मिस्टर एक्स है उसकी टैक्स लाइबिटी फोर्टी फाइव बन रही है मतलब उसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में पैंतालीस हज़ार जमा कराने हैं लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में उसने 8,000 हज़ार रुपये कराए सेकेंड क्वार्टर में ग्यारह हज़ार जमा कराए थर्ड क्वार्टर में बारह हज़ार और फोर्थ क्वार्टर में चौदह ओवरऑल उसने पैंतालीस जमा करा, करा, करा दिए लेकिन टू एप्लीकेबल होगा वो हमें एक बार चेक करना होगा हमारे मैगजिमम लिमिट और मिनिमम मेरे को फर्स्ट क्वार्टर में ओवरऑल टैक्स का मैगजम 15 परसेंट जमा कराना होता है अगर मैंने 15 परसेंट तक जमा करा दिया तो ठीक है लेकिन टू सी की लाइविटी आनी है उसके लिए मेरे को 12 परसेंट अगर मेरा ओवरऑल टैक्स का मैंने 12 परसेंट तक जमा करा दिया है तो मेरे टू सी की लाइब्रिटीटी नहीं आएगी अगर ट्वेल्व से कम है तो टू सी की लाइविटी मेरे पास आ जाएगी सेकेंड क्वार्टर में 45 परसेंट जमा हो जाना चाहिए जिसका ऑलरेडी मैं 15 जमा करा चुका हूँ तो 30 परसेंट मेरे को जमा कराना है सेकेंड क्वार्टर तक इसकी लाइविटी मिनिमम 36 परसेंट गवर्नमेंट कहती है आपकी सेकेंड क्वार्टर की लाइविटी मैगजिम 45 परसेंट थी लेकिन टू टर्टी फोर सी अप्लीकेबल ना हो अब मिनिमम थर्टी ओवरऑल टैक्स ओवर का जमा करा दें थर्ड क्वार्टर में सेवेंटी फाइव परसेंट मिनिमम सेवेंटी फाइव का हमारे थर्ड क्वार्टर दिसंबर तक खत्म हो जाता है और फाइनेंशियल ईयर आने वाला होता है न्यू वाला और फोर्थ में आपको हंड्रेड परसेंट ही होता है अब मैं इसे कैलकुलेशन करने के लिए फिफ्टीन परसेंट पहले निकालता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैंतालीस का मेरा पंद्रह परसेंट बनता है मिस्टर एक्स को फर्स्ट क्वार्टर में पंद्रह जून तक छः जमा कराने थे एस ने 8000 रुपए जमा करा दिए तो मेरी मिनिमम क्वालिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने और एक्स्ट्रा जमा करा दिया एडवांस टैक्स टू टू थर्टी से एप्लीकेबल नहीं होगा सेकंड क्वार्टर में पैंतालीस हज़ार का 45 फाइव परसेंट मी बीस हज़ार मिस्टर एक्स को मैक्मममम बीस रुपए जमा कराने थे सेकेंड क्वार्टर में मीस पंद्रह सितंबर तक लेकिन एस ने कितने जमा कराए उन्नीस हज़ार आठ हज़ार रुपये फर्स्ट क्वार्टर में ग्यारह हज़ार रुपये सेकेंड क्वार्टर में ओवरऑल लेकिन अससी ने एक हज़ार चार सौ पचहत्तर रुपये कम जमा कराए लेकिन टू थर्टी फोर के लिए हम देखेंगे कि थर्टी सिक्स परसेंट जमा करना था मिनिमम तो मेरा कितना आता है सोलह हज़ार तीन सौ अस्सी ओवरऑल टैक्स का तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है असफी कहता है कि भाई उन्नीस हज़ार जमा करा चुका हूँ मैं सेकेंड क्वार्टर तक मुझे वैसे मैगजिमम लिमिट मेरी बीस थी <coughs> लेकिन टू सी का मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगे मुझे सोलह हज़ार तीन सौ अस्सी रुपये जमा कराने थे लेकिन मैंने 19000 हज़ार जमा करा दिए हैं तो टू सी फर्स्ट सेकंड क्वार्टर तक नहीं लगेगा अब आती थर्ड क्वार्टर की बात थर्ड क्वार्टर में हमें 75 परसेंट ओवरऑल टैक्स का जमा कराना होता है मैक्सिमम हम 45 फाइव तक जमा कराते हैं तो थर्टी थर्ड क्वार्टर में जमा कराना होता है मिनिमम हम इतना जमा कराते तो हैं सेवेंटी मिनिमम मैगजिम थर्ड क्वार्टर तक सेम रहता है सेवेंटी हम 45,500 का 75 फाइव परसेंट चौंतीस हज़ार होता है मैक्सिमम भी इतना है मेरा मिनिमम इतना है गवर्नमेंट कहती है आपको थर्ड क्वार्टर तक एडवांस टैक्स चौंतीस हज़ार जमा कराना था 75 परसेंट लेकिन आस ने <coughs> 31,000 रुपए जमा कराया थर्ड क्वार्टर तक 8,000 हज़ार फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में ग्यारह हज़ार थर्ड क्वार्टर में बारह हज़ार ओवरऑल इकतीस हज़ार जमा कराया तो शॉर्टफॉल कितना हुआ 3,125 रुपए। एक सौ यहाँ टू थर्टी सी की जो कैलकुलेशन होगी वन ऑफ पर मंथ वो क्वार्टरली होती है। थ्री मंथ का एक साथ ही लगाएगा 234 थर्टी में मंथ वाइज होता है कैलकुलेशन 234 थर्टी ए में भी मंथ वाइज होता है लेकिन 234 थर्टी सी में हमारा तीन महीने का एक साथ कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट थर्ड क्वार्टर का कैसे काउंट करेंगे हम चौंतीस हजार की लाइबिलिटी थी हमारी लेकिन डिपॉजिट मैंने कितना कराया इकतीस हज़ार रुपये शॉर्ट इन टैक्स कितना है तीन हजार तीन हजार एक सौ पच्चीस रुपये मेरा शॉर्ट रहा टैक्स इसमें थर्ड क्वार्टर में मेरी लाइविटी कितनी आएगी वन परसेंट पर मंथ फॉर थ्री मंथस के लिए तो तीन हज़ार एक सौ पच्चीस रुपये हाँ अब आता है राउंडिंग ऑफ यहाँ पाँच रुपए है पच्चीस रुपये तो हम इसको बीस रुपये कर देंगे अगर ये मेरे छब्बीस रुपये होता तो इकतीस सौ तीस हम टैक्स कैलकुलेट करते इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तीन हजार पे थ्री मंथस का इंटरेस्ट कितना है, है? तिरनवे रुपए नाइन्टी रुपीज थर्ड क्वार्टर में मेरा तीन हज़ार एक सौ पच्चीस का शॉर्टफॉल रहा इंटरेस्ट वो टैक्स नाइन्टी रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट बनेगा फोर्थ क्वार्टर में सेम रहेगा क्योंकि मैंने ओवरऑल टैक्स टेक जमा, जमा करा चुका हूँ ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 234 टर्टी फोर सी बी और ए की जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर में जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल खत्म होने पर असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपको पे करना होगा ये नहीं कि आप थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में इसको पे कर सकते हैं, नहीं जब आप के रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 234 बी सी ए तीनों को इंटरेस्ट एक साथ ही निकलेगा इस चीज के लिए तो हमने कैलकुलेट करके देखा वन परसेंट थ्री मंथस का चंद्रम रुपये हमारा नाइन्टी रुपीज हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ अब हम जो टोटल टैक्स लाइविटी है मान लो आपका टैक्स बन रहा हो आ, मिस्टर टैक्स का एसेस टैक्स गया आपका एक लाख पंद्रह हजार रुपये इसमें टीडीएस डिडक्ट होगा कुछ आपने एडवास जमा करा दिया ये शॉर्ट रहा मेरा शॉर्ट टैक्स रहा तो एक तो टू थर्टी फोर भी अप्लाई हो गया अप्लाई बिकॉज लेस देन नाइन्टी परसेंट टू सी अप्लाई हो गया क्योंकि इन्होंने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कम किया था तो ऐसे हम सिस्टम्स कैलकुलेट कर लेगा खुद ही एस टैक्स मेरा एक पंद्रह था टीडीएस डी डिडक्ट हो गया एडवांस टैक्स मैंने जमा करा दिया शॉर्ट टैक्स कितना रहा तो क्वार्टरली हम देखेंगे कि हमारा टैक्स कितना लगा और कितना चाहिए था और कितना हमने पे किया तो एडवान टैक्स में बस इतना ही है कि आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि हमारी मिनिमम लाइविटी कितनी थी दस हज़ार रुपये एडवान टैक्स किस पे अप्लाई नहीं होता कैपिटल गेन पे डिविडेंट पे अगर आपका दस लाख से कम को आपको डिविडेंट मिला है तो आपको नहीं अप्लाई होगा एडवांटैक्स अभी नई सेक्शन आई है अभी अम हुआ थर्टी मार्च इसमें जो दो का बजट आया है कि एडवांटैक्स किस पर अप्लाई नहीं होगा जिस अस की एज सेवेंटी फाइव इयर्स ओल्ड है इससे ज़्यादा की है और उसकी दो ही इनकम है एक तो पेंशन और एक दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी तो उस पर एडवेंट टैक्स की लाइवलिटी नहीं आएगी ठीक है एक क्वेश्चन तो हो जाता है कि एडवेंट टैक्स की लाइबिलिटी अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं मीन्स हम टैक्स पे नहीं कर पाते हैं तो कौन कौन सेक्शंस से अप्लाई होती हैं टू ए बी सी एक अब लगती है आपकी आपने ड्यू रेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया है और calculate, uh, आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट टैक्स आपके ऊपर लाइबिटी और आपने जमा नहीं कराया है बी कब लगती है आपके पास अगर आपने ओवरऑल टैक्स का 90% से कम जमा कराया है फुली फाइनेंशियल ईयर्स में तो आपके ऊपर टैक्स लाइबिटी कब क्रिएट हो जाएगी इंटरेस्ट रेट पूछ सकता है कब कितनी है वन परसेंट ऑफ पर मंथ ठीक है कब से अप्लाई होगा टू <coughs> सी के क्वाटरली uh, टैक्स फ्लाइविटी पूछ सकता है 15, 45, फाइव सेवेंटी मिनिमम कितनी 12, 36, पचहत्तर सौ जो भी है और ड्यू डेट्स पंद्रह जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च तो ये 234 थर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेट्स की मैगजिम मिनिमम और टाइम पीरियड कितना है वो पूछ सकता है इसके लिए अब मैं आपका नया टॉपिक एक लेता हूँ इसका टी का इसके बाद टैक्स पे डिडक्टेड एंड सोर्सेज टीडीएस टीडीएस क्या होता है एडवांस टैक्स का ही पार्ट होता है एडवान टैक्स हम खुद जमा करा देते हैं एसएससी, टीडीएस सामने वाला जमा कराता है दोनों में डिफ्रेंस यही लेकिन दोनों ही एक ही चीज़ है कि एडवान टैक्स की ही लाइविटी मतलब हमारा टैक्स पहले ही जमा हो गया उसी फाइनेंशियल में जिस साल हमने इनकम अर्न की है अक्रूड बेसिस पे और रिसीव बेसिस पर दोनों में ही हमारा टी जमा हो गया एडवान टैक्स की लाइविटी एस के ऊपर आती है जो रिटर्न फाइल कर रहा है कि वह खुद ही जमा कराएगा टी की लाइविटी सामने वाले के ऊपर आती है जो उसका जिसके यहाँ वो काम कर रहा है जैसे एम्प्लॉयर हुआ एम्प्लॉय हुआ एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है तो लाइव्रिटी एम्प्लॉयर की होगी किसी भी बिजनेस मैन की होगी किसी भी पेमेंट करने के लिए लाइव्रिटी होगी जैसे बिजनेस मैन ने किसी भी सर्विस का पेमेंट किया तो वो टी डी काट के पेमेंट करेगा अच्छा टी कब काटना होता है जब आपकी टैक्स ऑडिट हो रही हो एक सिंपल पर्सन जैसे किसी का टर्न ओवर हमारा चाल लाख रुपये का है और वह किसी चीज़ का पेमेंट करता है तो टी डी नहीं आएगी जिस एस की ऑडिट हो रही हो उसकी लाइब टी काटने की लाइब्रिटी आती है अगर किसी एस ने फोर्टी फोर ए और फोर्टी फोर ए ए में फोर्टी फोर ए डी लिए होती है किसी भी ट्रेडर्स के लिए पर्सन के लिए फोर्टी फोर ए ए होती है प्रोफेशनल्स के लिए जिसमें डॉक्टर्स जजेज सीए ए इंजीनियर आर्किटेक्ट होते हैं अगर इन दोनों के अलावा वह ऑडिट करवाता है अगर किसी एस ने फोर्टी फोर और फोर्टी फोर में रिटर्न फाइल की है तो टीडीएस की लाइब्रिटी इसके ऊपर नहीं आएगी लेकिन किसी भी एस ने जिसकी ऑडिट होती है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई लिमिटेड हुई कॉपरे सोसाइटी हुई जो भी है अगर उनका ऑडिट बनता है ऑडिट होती है तो उनके ऊपर टी की लाइब्रिटी आएगी टी की लाइब्रिटी कब आएगी अगर वो किसी सर्विस का पेमेंट करते हैं किसी भी सैलरड एम्प्लॉय का करते हैं किसी को सैलरी देते हैं अगर उसकी लिमिट ढाई लाख से ज़्यादा है तो वो टीडीएस डी एस काट के तो उसको पेमेंट करेगा जिस एस की ऑडिट होती है ट्रेडर हुआ है सर्विस वाला हुआ अगर वह किसी माल परचेज करता है माल परचेज करता है गुड्स परचेज करता है उसका पेमेंट टीडीएस डी काट के नहीं करेगा अभी इस साल इसमें अमेंडमेंट आया है इस साल एक नई सेक्शन आई टी में अगर कोई भी एस एस लाख से ज़्यादा किसी भी एस से माल परचेज करता है तो उसके ऊपर टी की लाइब्रिटी इस साल से आई है इक्कीस से मीन्स इस जो फाइनेंशियल चल रहा है नहीं तो अब तक 31 मार्च दो हज़ार इक्कीस तक ये था अगर कोई भी ऐसा सी <coughs> गुड्स का पेमेंट करता है मीन्स गुड्स का अगर जैसे मेरी ऑडिट हो रही है मेरी लाइब्रिटी बनती है कि मैं टी डी एस कार्ड पर पेमेंट करूँ ऑडिट होने पर टी की लाइब्रिटी मेरे पास आ जाएगी मैं किसी भी सर्विस का जैसे ए एम सर्विस ली मैंने आर की आरोग्य सर्विस ली या मैंने किसी प्रोफेशनल सर्विस ली तो मैं टीडीएस काट के उसका पेमेंट करूँगा और उसका जो मैंने टी, टीडीएस डिडक्ट किया है वो उसके पैन नंबर में जमा करा दूँगा ठीक है अगर मैंने किसी से माल परचेज किया एक करोड़ रुपए का मैं जैसे किराने का काम है मेरा या कोई भी ऐसा काम है जिसमें मैंने माल परचेज किया ट्रेडर रूम है एक मैंने माल परचेज किया और बेच दिया तो उसका पेमेंट मैं टी काट के नहीं कर देता लेकिन इस साल इक्कीस बाईस से नई सेक्शन आई है टी में अगर आपने किसी एस से पचास लाख से ज़्यादा का माल परचेज किया है तो उसका जो पेमेंट आपको रिसीव हुआ है वो टी डी एस कार्ड की डिडक्ट करेगा अभी कोविड नाइन्टीन चल रहा था तो अभी 31 मार्च 2021 तक गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया था टीडीएस में कि आपको टीडीएस कितना 25 परसेंट का डिडक्ट किया था मींस अगर किसी का टैक्स 10 परसेंट काटना था 194 जैसे प्रोफेशनल का टीडीएस डी एस करता टेन परसेंट तो उनका टीडीएस 7.5 परसेंट काटा जाए जिससे वर्किंग कैपिटल कम हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिल सके तो ये वो 31 मार्च दो हज़ार इक्कीस तक का था कि 25 परसेंट का रिलीफ दिया गया था लेकिन आपके एग्जाम अभी जुलाई 2021 में तो वो अभी एप्लीकेबल नहीं है अभी देखते लॉकडाउन लग रहा है तो हो सकता है वापिस से आ जाए लेकिन अभी आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा आप नॉर्मल जो सेक्शंस हैं उसकी पर्टिकुलर वही पढ़ेंगे जैसे वन नाइनटी सेक्शन सेक्शन से पहले मैं आपको एक ये बता दू टीडीएस का पेमेंट कब होता है टीडीएस पेमेंट डिपोजिट एंड रिटर्न फाइलिंग करना आपने किसी भी महीने में किसी भी एस का टीडीएस काटा आपको कम जमा कराना है जिस महीने आपने टीडीएस काटा है डिडक्ट किया है तो उसके नेक्स्ट मंथ सक्से मंथ के सेवेंथ जैसे अभी आपका अप्रैल 2021 चल रहा है आपने इस महीने में 10,000 रुपए रुपये काटा किसी का तो आपकी लाइविटी है कि आप नेक्स्ट ऑफ द मंथ सेवंथ में तक आपको वो टी जमा कराना होगा अगर आपने टी जमा नहीं कराया है तो आपके ऊपर 1% परसेंट पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना होगा मैं तो, इसमें दो इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होती है जैसे टी डिडक्ट बट नॉट डिपोजिट ठीक है टीडीएस नॉट डिडक्ट फर्स्ट कहता है कि आपने टी काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया सेकेंड यह कहता है टी काटने की लाइब्रेटी थी लेकिन आपने काटा ही नहीं hmm. आपके ऊपर 1.5 परसेंट पर, पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इसमें 1 परसेंट एस एस की लाइब्रेटी थी आपको टीडीएस काटना था लेकिन काटा नहीं तो आपने बाद में काटा छः महीने बाद जब आपको पता चला कि मेरी लाइब्रेटी थी लेकिन मैंने काटा नहीं तो जब आप उसको नेक्स्ट उसका पेमेंट करोगे तो उसमें से टीडीएस काट लोगे उसका लेकिन जो वन वन परसेंट इंटरेस्ट लगेगा वो आपकी वर्किंग कैपिटल में से लगेगा सामने वाले की में से नहीं तो गलती आपकी थी सामने वाले की नहीं सामने वाले को तो पेमेंट आपने विदाउट टी काट के दे दिया टी काट के देते तो ये लाइब्रेटी क्रिएट नहीं होती ना ही उसने मना किया दूसरा आता है आपने टी तो काट लिया सामने वाले का पेमेंट कर दिया टी डी काट के लेकिन वो डिपॉजिट नहीं कराया जब तक आप डिपॉजिट नहीं कराओगे और रिटर्न फाइल नहीं करोगे टी डी के सामने वाले को उसके ट्वेंटी सिक्स एय में शो नहीं होगा अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझने के लिए बहुत इजी है मिस्टर एक्स टी डिडक्ट किया इन्होंने टेन थाउजेंड अप्रैल 2021 में ठीक है टीडीएस डी किया किसी भी पार्टी का मीस मिस्टर बाई का और जमा नहीं कराया एंड नॉट डिपोजिट ऑफ सेवेंथ मे 2021 क्योंकि आपको जिस महीने आपने टीडीएस काटा है उसके नेक्स्ट मंथ की सेवेंथ तक वो जमा कराना होता है लाइबिलिटी होती है इसने जमा कराया फिफ्टीन ऑगस्ट सॉरी फिफ्टीन को तो वो होता है ट्वेंटी अगस्त। मिस्टर एक्स ने किसी भी मिस्टर बाई का टीडीएस डी काटा दस हजार रुपये अप्रैल 2021 में डिपॉजिट कराने की डेट थी सेवेंथ में। अगले महीने आपको डिपॉजिट कराना होता है सेवन्थ में तक ऑनलाइन पेमेंट होता है इसका चालन काटा किसी भी सेक्शन में काटा हो वन नाइन्टी फोर जे वन नाइन्टी टू आपको आ, उसमें जब आप पेमेंट जमा कर रहे होते हैं तो उसमें सेक्शन डालना होता है कि किस सेक्शन में आपने पेमेंट किया है किस सेक्शन का आप टी काटा है आपने डिपोजिट कराया 20 अगस्त को जब ये 20 अगस्त को जमा कराता हो है तो इसके ऊपर एक तो दस हज़ार रुपये तो चालान का जमा कराएगा जाएगा जो टी काटा है लेकिन इसके ऊपर टीडीएस का इंटरेस्ट लगेगा जो दस हज़ार इसने अपने पास रखा सामने वाले का पैसा मिस्टर बाई का पैसा इसने दस हज़ार अपने पास रखा छः महीने यूज किया बल्कि ये पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए था ठीक है अप्रैल मई अब इसके मई की लाइविटी थी सेवन थ्री तो इस पर लाइविटी कब आएगी इस पर टी की डेढ़ परसेंट लगेगा 1.5 परसेंट क्योंकि इसने टीडीएस काट के अपने पास रख लिया और पैसे का यूज किया तो मई पूरे महीने के लगेगा इसमें मई जून जुलाई एंड अगस्त अगस्त में आपको बीस का तो जमा कराया लेकिन पार्ट ऑफ द नहीं ये सब फुल्ली मंथली लगेगा फोर मंथ का फोर मंथ का किस अमाउंट पर लगेगा दस हजार रुपये तो कितना हुआ इसका टेन थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू फोर मंथ ठीक है तो आपका कितना बना इसके मैं छो रुपए ने टीडीएस दस हजार रुपए काट लिए अप्रैल 2021 में लाइब्रिटी थी कि अगले महीने की पोस्ट को जमा कराना था लेकिन इसने बीस अगस्त को जमा कराया तो मई जून जुलाई चार महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा टी अमाउंट पे दस हजार पर मंथ और इंटू मंथ का छह रुपए जब आप चालान क्रिएट कर रहे होंगे इसका भरने के लिए दस हज़ार रुपये टैक्स में जाएगा और इंटरेस्ट में अलग से आपको शो करना पड़ेगा छत्सौ रुपये अगर आपने एक साथ चालान बना दिए दस हज़ार छह सौ का टैक्स में इसको इंक्लूड कर दिया तो कंसीडर नहीं किया जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा इंटरेस्ट के लिए क्योंकि उसमें मैंशन होता है इंटरेस्ट टैक्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सर वगैरह आप किस का पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स में हम 10,000 डालेंगे चालान में और 600 रुपए डालेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अब आता है टी नॉट डिडक्टेड ऐसे ही आपने टीडीएस नहीं काटा इसी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि भाई टीडीएस डिडक्ट नहीं नॉट आपने टीडीएस नहीं काटा और आपने टीडीएस का काटा 20 ट्वेंट, अगस्त को ठीक है आपकी लाइब्रेरी थी अप्रैल में लेकिन आपने टी नहीं काटा तो आपके पास फाइव मंथ का आपके पास वन परसेंट के साथ इंटरेस्ट क्लेम करना होगा और ये पैसा आप अपने पास से ही दोगे वाई से नहीं लोगों की गलती आपकी थी तो इस पे कैलकुलेशन कितनी होगी टेन थाउजेंड इंटू वन इंटू फाइव मंथ सात पांच सौ रुपये ठीक है एम सी क्वेश्चन से बस पूछेगा अगर एससी ने टी डी डिटेक्ट कर लिया है और जमा नहीं कराया है तो इंटरेस्ट की पैनल्टी कितना है 1.5 परसेंट पर मंथ अगर एस ने टीडीएस डी काटने की लाइविटी थी लेकिन काटा ही नहीं है तो उस पर अगर वो जब काटता है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा 1 परसेंट ऑफ़ पर मंथ तो रेट ऑफ पूछेगा इंटरेस्ट टीडीएस डी की भाई डिडक्ट करने पर डिपॉजिट नहीं कराया है और डिडक्ट ही नहीं किया है तो क्या इंटरेस्ट रेट है और अगर कोई को एग्जाम्पल दे दिया इसके अंदर कि कैलकुलेट करके बताओ कि किसी भी एस ने डिडक्ट कर लिया और वो डिपॉजिट नहीं कराया तो कितना इंटरेस्ट पे करना होगा ठीक है अब आते हैं पेनल्टी प्रोविजन आपने टी जमा तो करा दिया ठीक है लेकिन सामने वाले को शो कब होगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे आ, एक कुछ हाँ ये लिख सकते थे टी डिपॉजिट डेट टीडीएस डिपॉजिट डिपोजिट की डेट कौन सी रहेगी सेवंथ ऑफ नेक्स्ट सक्सीडरी मंथ जिस महीने आपने डिडक्ट किया जैसे अप्रैल का डिडक्ट किया है तो सेवंथ ऑफ मई मई का जून तो ये डेट पूछ सकते हैं सेवन्थ ऑफ नेक्स्ट सब्सिडी में ऑनलाइन जमा होगा आपका चालान ठीक है टी डी फाइलिंग अच्छा ये डेट है ये वाली जो डेट है वो है अप्रैल टू फेव अगर आपने TDS डी एस अप्रैल से लेकर फरवरी में काटा है तो सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट सक्सेस दिन मंथ अगर आपका टी डी एस मार्च में काटा है आपने काटा है मार्च में तो गवर्नमेंट ने इसे रिलीफ दिए थर्टी अप्रैल ऑफ नेक्स्ट अप्रैल से ले फरवरी तक का जो टी आपने काटा है उसे जमा कराने की डेट है नेक्स्ट मंथ ऑफ सेवंथ ऑफ नेक्स्ट थी मंथ लेकिन मार्च में क्या होता है एडजस्टमेंट होते हैं सारी कंपनी में कुछ ड्यू बिल रह गए हैं या कुछ है बेल लेट आए तो उसके लिए आपके लिए पूरा तीस दिन का टाइम अलग से दिया जाता है थर्टीथ अप्रैल ऑफ नेक्स्ट थी मंथ तो इसमें डेट पूछ सकता है आपको या टी जब कैलकुलेट कर रहे हो कि एक अस कहता है कि मिस्टर एक्स ने मार्च में टी काट लिया माइंड में रहेगा कि मेरी सेवन्थ मंथ ऑफ अप्रैल है जमा कराने की लेकिन नहीं तो उस महीने का उसने जमा करा दिया पंद्रह अप्रैल को मार्च में किसी एस टीडीएस काटा और उसने जमा कराया पंद्रह अप्रैल को तो आप ये सोचो कि अब मेरी डेट तो सेवन्थ है तो मेरे पास अप्रैल के पूरे महीने का वन पॉइंट फाइव के कैलकुलेट करके मैं इंटरेस्ट जमा करा दूँ नहीं उसकी डेट है तीस अप्रैल अगर आपने एक मई को जमा कराया फर्स्ट मई को तो आपके ऊपर पूरे एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा टी काट के जमा कराने का आपने टी डी काटा जमाने कराया आपने जमा करा फर्स्ट मे को लेकिन फर्स्ट मे को तो उस पर एक महीने का लगेगा दो महीने का टीडीएस डी एस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगी ठीक है यह ध्यान रखना है इस चीज का मैं एग्जांपल इसको चलो एक बार समझा देता हूं एग्जाम्पल से भी मिस्टर एक्स मार्च दो टी डी एस डिडक्ट टेन थाउजेंड रुपीज ठीक है डिपोजिट डेट फिफ्टीन अप्रैल मार्च दो हजार इक्कीस से टी डी एस डिडक्ट किया उसे जमा कराया फिफ्टीन अप्रैल दो हजार इक्कीस को नो लाइबिटी ऑफ इंटरेस्ट ठीक है इफ डिपोजिट डेट फर्स्ट मे 2021 हजार इक्कीस दैन इंटरेस्ट लाइबिलिटी क्रिएट 1.5 पर मंथ तो इस पर कितना लगेगा दस हजार रुपये दस हजार इंटू वन पॉइंट पर मंथ एक सौ ठीक है अगर आपने फर्स्ट में 2021 को जमा कराया टी डी एस कार्ड के तो आपको एक महीने का इंटरेस्ट का पेनल प्रोविजन देना पड़ेगा पेनल्टी देनी पड़ेगी इंटरेस्ट की डेढ़ सौ रुपये ठीक है टीडीएस डी डेट हो गई आपकी अब टीडीएस रिटर्न फाइल टीडीएस आपका मंथली जमा होता है नेक्स्ट मंथ लेकिन टीडीएस की जो रिटर्न फाइल होती है वो क्वार्टरली होती है फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून फाइलिंग डेट ठीक है तीस जुलाई थर्टी फिफ्थ जुलाई सॉरी सेकंड पार्टर इट सितंबर अप्रैल टू तो जून की 31 जुलाई जुलाई टू सितंबर थर्टी फर्स्ट जिस क्वार्टर आपका ख़त्म हो रहा है उसके नेक्स्ट उसका अगले महीने की एंड ऑफ द मंथ अप्रैल टू जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी 31 जुलाई फाइलिंग डेट रहेगी जुलाई टू तो सितंबर की 31 अक्टूबर अक्टूबर टू तो दिसंबर 31 फर्स्ट जनवरी और जनवरी टू तो फोर मार्च इसके लिए हमें एक महीना एक्सटेंड मिलता है क्योंकि जब हमारे मार्च का जो टी पेमेंट है उसके लिए हमें सेवन्थ ऑफ अप्रैल नहीं है उसकी तीस अप्रैल डेट है हमारी लास्ट डेट तो हमें एक महीने इसमें एक्स्ट्रा और मिलता है 31 मई क्योंकि हमारा तीस अप्रैल तक टी जमा होगा उसके अगले महीने तक एक महीने और एक्स्ट्रा मिलता है आपको रिटर्न फाइल करने का अगर हम इन ड्यू डेट्स पे नॉट रिटर्न फाइल करते हैं फाइल तो दो सौ रुपये पर डे की पेनल्टी है अगर हमारा टी जमा कराने पे 1.5 परसेंट पर मंथ इंटरेस्ट 1 परसेंट पर मंथ टी रिटर्न फाइल ना करने पे ड्यू डेट्स पे दो सौ पर डे की पेनल्टी एमसीक्यू में पूछ सकता है पहला क्वेश्चन इस ये रहा कि फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट डेट कब है हमें टी रिटर्न फाइल करने की सेकंड क्वार्टर की थर्ड और फोर्थ की फोर्थ क्वार्टर ज़्यादातर पूछा क्योंकि इसमें एक महीना हमें एक्सटेंड मिलता है अगर हमने थर्टी जुलाई को टी डी एस रिटर्न फाइल नहीं किया और हमने किया 15 अगस्त को किया या 2 अगस्त को किया तो दो दिन का दो सौ पर डे के हिसाब से हमारा पेनल्टी प्रोविज़न होगा हमें चार सौ रुपये पे करना होगा अगर हम पे नहीं करते हैं या लेट करते हैं तो नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर कि आपको इतना पेनल्टी प्रोविजन देना है ठीक है टी डी एस रिटर्न फाइलिंग डेट हो गई आपकी अब आता है कि शॉर्ट नोटिस बताता हूँ इसका आपको बेसिक एक्जमशंस बताई थी मैंने आपके लिए कि भाई ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं है ढाई लाख से पाँच लाख तक है और पाँच लाख से दस लाख तक आपकी दस परसेंट है वो ट्वेंटी परसेंट है दस लाख से ऊपर तीस परसेंट है दस परसेंट वाली स्लैब हट चुकी है लेकिन अभी एक न्यू रिजाम आए थे इस साल के लिए इसमें यह है कि कुछ ऑप्ट भी कर सकते हैं कुछ नहीं भी कर सकते दोनों ही इसमें बातें ये सेक्शन है आपकी एक सौ एक्ट पूछ सकता है ये इसी साल आया है न्यू रिजाइम ये आपका ऑप्ट कर सकते हैं फैलिड एचयूएफ के लिए ओनली एप्लीकेबल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ यूएफ सेक्शन एक सौ न्यू रिजाइम आया है ये एप्लीकेबल होगा ऑनली इंडिविजुअल और एच के लिए कुछ स्लैब में हमने इसमें चेंजेज किए हैं अभी तक ये था कि दो लाख पचास हजार तक कोई टैक्स नहीं ढाई लाख से 5 लाख तक आपको 5 परसेंट टैक्स देना होगा लेकिन उसमें भी एट्टी सेवन एक का रिलीफ था मी करंट रिजन बताता हूँ मैं आपको ओल्ड रिजाइन ये कह सकते हैं ओल्ड रिजाइन एच ओ ए ठीक है अप टू निल टू फाइव लैख 5% परसेंट मीस साढ़े बारह हजार रुपये टैक्स एक लाख रुपए, 30% जो भी है ठीक है ओल्ड रिजर्म ये है कि ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा ढाई लाख से लेकर पांच लाख तक आपको पांच परसेंट टैक्स के हिसाब से साढ़े बारह हजार रुपये टैक्स लगेगा पांच लाख एक रुपए जैसे ही होता है पांच लाख डॉट पे तो, तो फाइव परसेंट है लेकिन पांच लाख एक रुपए होते ही ये कौन सी माना जाएगा टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन टोटल इनकम इज तो आफ्टर डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से हमने चैप्टर सिखे की डिडक्शन लेस कर दी जो भी हमारे खर्चे लेस कर दिए टोटल इनकम ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं टोटल इनकम अगर मेरी दो लाख पचास हजार एक रुपये से पाँच लाख तक तो पाँच परसेंट टैक्स है साढ़े बारह हजार रुपये पांच लाख एक रुपये होते ही दस लाख तक बीस लगेगा एक लाख रुपये और दस लाख से उपाय मेरा थर्टी स्लैब है लेकिन यहाँ ओनली इंडिविजुअल और एच के लिए एट्टी की रिलीफ दी हुई है जीरो टैक्स साढ़े बारह हजार रुपये की गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी टोटल इनकम पांच लाख रुपए तक आती डॉट फाइव लैक आती है आपका टैक्स तो बनेगा साढ़े बारह हजार रुपये लेकिन मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट एट्टी सेवन ए की रिलीफ देगा साढ़े बारह हजार रुपए की और टैक्स हो जाएगा जीरो आपका लेकिन ये कह दिया अगर टोटल इनकम आपकी पांच रुपए हो जाती है एक रुपए बढ़ जाती है मात्र एक रुपए तो कोई टैक्स के रिलीफ नहीं मिलेगा आपको पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा साढ़े बारह हजार रुपए पे किसी भी एस एस ए की मान लो पांच लाख दस रुपए आपकी टोटल इनकम आ रही है सारे डिडक्शन लेस करके दस रुपए के पीछे उसको साढ़े बारह हजार रुपए का टैक्स देना पड़ेगा प्लस फोर परसेंट सेस मीन पांच सौ रुपए के हिसाब से तेरह रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का ड्रॉबैक रहा कोई अगर पर्सन टैक्स पे करना भी चाहे दो हजार रुपए तो वो नहीं कर सकता क्यों अगर वो पांच लाख तक इनकम दिखाता है तो वैसे गवर्नमेंट इसको माफ करी टैक्स का और पांच लाख एक रुपए होते बोलते भाई तेरह हजार रुपए पे करो तो किसी भी ऐसे एस के लिए इस कोविड नाइन्टीन में कोई इतना टैक्स पे कर नहीं कर सकता कि तेरह हजार में वो पे कर पाए ये आपका ओल्ड रिजायम हो गया अब आता न्यू रिजायम न्यू रिजायम क्या कहता है टैक्स रेट इंडिविजुअल और एच के लिए ये अपू ये ऐसे पूछ सकता है कि क्या स्लैप है नील टोटल इनकम है सर यहां भी फाइव परसेंट टेन लाख फिफ्टीन परसेंट साढ़े बारह लाख ट्वेंटी परसेंट पंद्रह लाख ट्वेंटी फाइव का न्यू रिजयम जो बनाया है गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 115 सौ पूछ सकता एस सेक्शन आपकी किसके लिए एप्लीकेबल बनाया है ओनली इंडिविजुअल और एच के लिए पार्टनरशिप फर्म कंपनी इनके लिए किसी के लिए भी नहीं है ना कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए टोटल इनकम अगर आपकी दो लाख पचास हजार रुपए कोई टैक्स नहीं ढाई लाख लाख के बीच में फाइव स्लैब दे, दे रखी है इसके अंदर कि आपको ढाई लाख अगर पांच लाख रुपए की इनकम है तो फाइव परसेंट लाख से लेकर साढ़े लाख तक टेन सात लाख पचास हज़ार एक रुपये से लेके दस लाख तक फिफ्टीन परसेंट दस लाख एक रुपये से लेके साढ़े बारह लाख रुपए तक ट्वेंटी परसेंट साढ़े बारह लाख रुपए से लेके कर पंद्रह लाख रुपए तक ट्वेंटी फाइव परसेंट और एव पंद्रह लाख से लेके ऊपर थर्टी परसेंट लेकिन ओल्ड रिजा में क्या था दस लाख से ऊपर होते इनकम हमारी थर्टी स्लैब में थी और पाँच लाख से लेकर बीस लाख रुपये के बीच में आपकी सी जी थी लेकिन ओल्ड और न्यू में ये दोनों सेम है ओल्ड और न्यू में दोनों सेम है लेकिन यहां तक ओल्ड में 20% ठीक है और ये पूरे पे यहां 30% परसेंट ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस रहा पांच लाख ,00 तक तो सेम है आपकी इनकम ओल्ड में जाओ न्यू में जाओ दोनों में सेम है पांच <coughs> लाख ,00 से दस लाख रुपए के बीच में ओल्ड एरिया में ट्वेंटी परसेंट है लेकिन यहां दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको तो बाइफिकेट किया दो में पाँच लाख से लेकर साढ़े सात लाख टेन परसेंट साढ़े सात से लेकर दस लाख तक पंद्रह परसेंट और दस लाख रुपए से ऊपर होते ही ओल्ड एरिया में थर्टी परसेंट आपकी स्लैब रेट आती है लेकिन यहाँ तीन टुकड़ों में बांट दे बीस पच्चीस और तीस अब सुनो इसमें कंडीशन डालिए एक सौ तो पंद्रह बी में ओल्ड में आपको सभी को पता है कि पाँच बीस और तीस है दस वाले स्लैब हटा चुके हैं मुझे इसमें ए टी डिडक्शन मिल जाएंगी एक लाख पचास हज़ार की एल हुआ या कुछ भी हुआ सैलरेड पर्सन वालों को सारे कम्पल्सिटी अलाउंसेज एच आर वगैरह सारे क्लेम कर सकते हो ओल्ड रिजाइम में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की क्लेम सेक्शन 24 फोर ओल्ड रिजाम में क्लेम कर सकते हो लेकिन न्यू रिजाम में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो. पूछ सकता है कि सर अगर किसी भी एस ने न्यू रिजाइम अप्लाई किया है या एक्सेप्ट किया है क्या वो इन इन चीज़ों को ले सकता है सर इसमें कुछ कंडीशन हैं कि न्यू रिजाम में कंडीशन एक्सेप्ट करने की सौ पंद्रह नॉट अप्लाइड नॉट अप्लाई या नो डिडक्शंस आप जब टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे न्यू एग्जाम के लिए तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा फर्स्ट ए चैप्टर सिक्स ए की डिडक्शंस कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एसेप्ट एटी सी सी ए सी टू और एटी जे जे ए ए second h r a डे डिडक्शंस सेलरेड वालों के लिए एलटीए चाइल्ड अलाउंस उि हेल्पर अलाउंस चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस स्पेशल अलाउंसेज इस पर हम चर्चा करेंगे फैमिली डिडक्शन और फैमिली पेंशन पंद्रह परसेंट मिलते मेरे को फैमिली पेंशन डिडक्शन ठीक है अगर आप न्यू रिजाम एक्सेप्ट करते हो तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर सिक्सर से, सिक्स एटीसी में टी डी मेडिक्लेम एल आईसी प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन्स कोई भी डिडक्शन्स नहीं मिलेगी आपके लिए रेंट की भी नहीं मिलेगी इसमें कोई भी डिडक्शन आपको ए टी आई ए कोई कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सी टू और ए डबल ए को छोड़ के ठीक है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की कोई भी डिडक्शन आपको अप्लाई नहीं होगी ना मिलेगी जो दो लाख रुपये की आपको मिलती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वो डिडक्शन्स नहीं मिलेगी न्यू रिजाइम में एच नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी सैलरिड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एच नहीं मिलेगा इस्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हज़ार क्लेम <coughs> नहीं होगी लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा चाइल्ड अलाउंस नहीं मिलेगा एजुकेशन नहीं मिलेगा हेल्पर अलाउंस को भी आपको कोई अच्छी पोस्ट को होता है सैलरड पर्सन को हेल्पर अलाउंस मिलता है स्पेशल अलाउंस भी नहीं मिलेगा आपको परक्यूजिट्स परक्यूजिट्स में जैसे कार की फैसिलिटी हुई और आ, कुछ काफ़ी सारी फैसिलिटी होती है कि जो डिपार्टमेंट देता है एस के लिए सॉरी एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयी के लिए डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन फैमिली पेंशन पंद्रह परसेंट जो डिडक्शन्स मिलती है अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है वो आपको नहीं मिलेगी लेकिन कुछ अलाउंसेस जिसमें आपको अप्लाई होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट कन्वेंस ट्रेवल कंपेंसेशंस ये अलाउड होंगे आपके अलाउेबल अलाउंसेज ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट कन्वेंस ट्रैवलिंग वाले आपको एक्चुअली ही मिल पाएंगे जितने आपको वहां से रिमर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस है कन्वेंस अलाउंस जो पंद्रह सौ रुपये थे अभी आपको स्टैंड अडक्शन में पचास हज़ार रुपये दे दी पहले ताकि था कन्वेंस अलाउंस पंद्रह सौ रुपये मैक्म आपको अलाउड होते थे लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि सर आप मतलब फेक था तो एक फिक्स अमाउंट कर दिया चालीस हज़ार का जो अभी पचास कर रखा है इन्होंने पहले चालीस का था ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को मिला अभी पचास हज़ार स्टैंड के लिए बोल दिया लेकिन वो ओल्ड रिजाव में आपको न्यू रिजाव आपको नहीं मिल पाएगा तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपको कौन कौन से अलाउन्से आपको मिलेंगे इसके अंदर और ये ओल्ड न्यू रिजाम और ओल्ड रिजाम में क्या अंतर है तो आप बता सकते हो कि ये ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अप्लाई होता है इसमें सेलेब्रिटी आपको अलग अलग दे रखी हैं। सेक्शन बी के एक तो सौ के अंदर आता है क्या क्या चीज़ आपको अलाउड नहीं है आपको क्या नहीं अलाउ हुआ है इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन का अलाउ नहीं है आपको एच क्लेम नहीं कर सकते हो एल नहीं कर सकते हो स्पेशल अलाउंस अलाउंसेज अलाउ नहीं है परकुज़ एक सोशल तो एक एक्टिविस्ट एक एक के रूप में आगे बढ़नी है इस चीज़ के लिए और आपके 80 सबसे बड़ी बात होगी चैप्टर सिक्स ए की डिडक्शन जो आपके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसके अंदर ओनली सीसीडी सी टू पश्चिम से उठा कर एट्टी डबल जी डबल ए को छोड़ के अब कुछ भी इसमें अलाउ नहीं है तो आज की क्लास के लिए इतना आज मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ आज मैंने क्या पढ़ाया आज की क्लास में हमारा एडवेंटेक्स था जिस पर टू थर्टी में बताया मैंने आपके लिए एडवेंटेक्स कब एप्लीकेबल होता है टू सी में आपके लिए क्या आ, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है मिनिमम लिमिट क्या है मैगजिम लिमिट क्या है इसके लिए ड्यू डेट्स क्या है इसके लिए टू सी में कब एप्लीकेबल होता है हमारे पर टू सी दूसरा बताया मैंने आपके लिए टी टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज एडवान टैक्स और टी दोनों सेम रहते हैं एडवान टैक्स जो होता है वो एस एफ ख़ुद जमा कराता है टी हमारा पैसा काट के हमको दिया जाता है और वो सामने वाला जमा कराता है क्रॉस चेक कि हमारा कि हमारा जो टैक्स है वो सामने वाला जमा करा रहा है और एडवांट टैक्स हम खुद जमा करा रहे हैं दोनों में डिफरेंस यही होता है टीडीएस कब जमा कराना होता है नेक्स्ट मंथ ऑफ सेवन्थ ऑफ सक्सिटी मंथ मार्च का टी कब जमा कराना होता है ये मैंने आपको इस क्लास में बताया टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग कब होती है क्वार्टरली होती है क्या ड्यू डेट्स रहती हैं उसमें पेनल्टी प्रोविज़न क्या रहते हैं टी रिटर्न फाइल करने के और अगर मैंने टी डी नहीं कराया है ड्यू uh, डेट्स पे तो उसके पेनल्टी प्रोविज़न क्या है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो मैंने आज की क्लास में बताया कि अगर मैंने टीडीएस जमा डिडक्ट तो कर लिया सामने वाले का पैसा मैंने अपने पास रख लिया लेकिन मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया उसके भी आप पे तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है तो मैंने आज की क्लास में बताया आपको या टी की लाइब्रेटी मेरे पास थी लेकिन मैं मुझे नहीं पता कि टी की मैंने अब टी जमा नहीं कर पाया टी नहीं काटा मींस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में मेरे पास की लाइब्रेट थी कि इसका मैंने और उसको पूरा पेमेंट कर चुका हूँ टी की लायबिलिटी को काटना चाहिए था लेकिन मैंने छः महीने बाद जब उसका पेमेंट दूसरा ड्यू बिल हुआ या कोई भी हो जब मैंने काटा तो छः महीने के इंटरेस्ट के साथ आपको टी पूरा काटोगे और उसको जमा कराओगे ये मैंने बताया सब इंटरेस्ट की पेनल्टी क्या है इसके लिए तीसरा इंटरेस्ट टी का किस फर्म पर अप्प्लीकेबल होता है कि टी डी जो फोर्टी और फोर्टी फोर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसके ऊपर टी की लाइब्रिटी नहीं आती सैलरेड पर्सन के लिए ऊपर टी की लैब्रिटी नहीं आती कि वो डिडक्ट करके जमा कराएगा ये टी की लैबिटी के ऊपर आती जो ऑडिट जिस फर्म की ऑडिट हो रही हो या किसी प्रॉपर्टर फर्म की ऑडिट हो रही हो या कंपनी का ऑडिट हो रही हो तो टी की लाइविटी हर किसी के ऊपर नहीं आती कि टी डी डिडक्ट करके जमा कराए किसी भी पार्टी का इस चीज़ के लिए और ये बताया कि एक हाँ आज की क्लास में मैंने ये भी बताया कि ओल्ड और न्यू रिजायम में ओल्ड रिजायम ये था कि मेरी एक्जम्शन लिमिट क्या है मेरी जैसे ओल्ड एज में कि दो लाख पचास हज़ार तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं जमा कराना दो लाख पचास हज़ार से लेके पाँच लाख तक मुझे टैक्स जमा कराना है फाइव परसेंट लेकिन इंडिविजुअल एंड एच के लिए उस पर एटी सेवन ए की रिलीफ दिया हुआ है एटी सेवन ए की रिलीफ दिया हुआ है कि आपको साढ़े बारह हज़ार का टैक्स बना तो है पाँच लाख रुपये तक ओनली अप टू फाइव लैख डॉट लाख तक लेकिन हम आपको उसके रिलीफ दे रहे हैं एटी की साढ़े बारह हज़ार आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना पाँच लाख एक रुपये से लेकर दस लाख तक ट्वेंटी परसेंट और एवरेज टेन लाख से आपको थर्टी परसेंट गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने सारे डिडक्शन सिलेस्ट किए चैप्टर सिक्स ए के जो भी हैं आपकी टोटल इनकम पाँच लाख एक रुपए भी हो जाती है तो आपको एट्टी सेवन ए की रिलीफ नहीं मिलेगी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गवर्नमेंट का कि अगर कोई भी एस एस या तीन हज़ार जमा भी कराना चाहे टैक्स के लिए गवर्नमेंट के लिए अपने देश के लिए लेकिन गवर्नमेंट कहती है पाँच लाख रुपये तक आपका टैक्स तो बनना साढ़े बारह हज़ार रुपये लेकिन मैं आपको एट्टी सेवन की रिलीफ देता हूँ गवर्नमेंट की तरफ छूट तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना लेकिन आपकी टोटल इन इनकम पाँच लाख एक रुपये हो जाती है तो मैं भाई पूरा टैक्स ले लूँगा साढ़े बारह का एट्टी की रिलीफ नहीं मिलेगी तो कोई भी ऐसा से चाहता कि ठीक है मेरा पाँच होती तो मैनिकुलेट कर लेता इनकम में कि ठीक है दस कम हो जाए मेरी इनकम क्योंकि वह तेरह टैक्स जमा नहीं कराया साढ़े प्लस फोर एजुकेशन सेस तो मैं तेरह हज़ार मेरे पास नहीं है आज कोविड का टाइम है अब वैसे इनकम किसी की बहुत कम है सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी डिटेक्ट होकर आ रही है बिजनेस भी थोड़ा कम है तो इस तरीके से ओल्डर न्यू निजाम में ये और न्यू निजाम में आपको सेक्शंस पूछ सकता है न्यू एग्जाम अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी क्या क्या एप्लीकेबलिटी हैं कि मैं किस चीज़ को क्लेम कर सकता हूँ किस नहीं कर सकता तो मैंने आज आपको इस क्लास में आपको आज बताया तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू वेरी मच